तुम लेके आओ। के ले ले घूम तो माता जी बता तुम्हारे ना कोई दिक्कत नहीं ये बरेली, बरेली का था ए? बरेली का। तो तो में, बरेली, में, बरेली में तो? तो? अरे काले कहा जा रहे रहे थे? तुम? अरे अरे में में करते करते हैं। हैं। हैं। जा भाई तो नाम, नाम दो जानते? तुम्हारे? भारत, भारत। हम जो बात हो नोल